किसान भाइयों किसान साथियों नमस्कार आज जो आप टमाटर की जो फसल देख रहे हैं उसमें जो ग्रोथ हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ भी हुई है और जो उसका तना है वो भी खुलकर चल रहा है और नहीं उसमें कोई रोग है क्योंकि हमने इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ कराया है वो इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे कि जो प्रोडक्ट हमने यूज़ करा इसमें वो काफ़ी अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण और काफ़ी जाना माना है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करता है तो हमने जो इस टमाटर की फसल में जो प्रोडक्ट यूज़ कराया है वो शिवालिक क्रॉप साइंस का आता है चार्जर के नाम से टोनी का आता है वो वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो टमाटर की ग्रोथ करता है बाय वायदा वे कोई सी भी फसल ले सकते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरीके की ग्रोथ करता है और जो उसका जो मुख्य काम है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उस जो पौधों को माइक्रो न्यूट्रेंट प्रदान करता है जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है जैसे कि आप इस टमाटर का तना देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से तना मज़बूत तरीके से चल रहा है और खुलकर चल रहा है और जो इसकी ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है क्योंकि चार्जर जो काम करता है वो रोग से लड़ने की क्षमता जो रहती है उसकी रो क्षमता को बढ़ाता है जिससे इसके आकार में वृद्धि होती है और जो फल आने की क्रिया है वो फल आने की क्रिया तेज़ होती है आप देख रहे हैं कि जो इसकी जो फल आने की क्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है ये देख रहे हैं आप इस पर जो फल आएँगे वो भी गुच्छे बनकर आएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से जो इसकी इसकी जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसने ग्रोथ करी है तो आप मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये वो वही प्रोडक्ट है ये चार्जर है ये काफ़ी अच्छी तरीक़ों से ग्रोथ करता है और इसकी जो फुटेर करता है वो काफ़ी अच्छी होती है इससे जो फल आने की क्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है आप जैसे कि पौधे को माइक्रोन्यूट्रेंट प्राप्त होते हैं टमाटर के पौधे को सबसे पोषण की आवश्यकता होती है जिससे टमाटर के पौधे में रोग नहीं लगता क्योंकि अगर इसको पोषण नहीं मिलता है तो इसमें रोग लगना शुरू हो जाता है और जिससे कि इसका जो टमाटर का पौधा है उसमें रोग लग, लग जाता है उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं ये उसको रोग लड़ने में भी सक्षम होता है और उसे रोग से बचाता है तो किसान भाई इस चार्जर का चार्जर का प्रयोग कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है तो नमस्कार किसान भाइयों वीडियो यहीं समाप्त करते करते हैं इसी के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल मागंगा ट्रेडिंग कंपनी को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर दें अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उससे ले सकते हैं तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है आप इसका यूज़ कर सकते हैं जय हिंद किसान भाइयों नमस्कार धन्यवाद